ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूं जिंदगी उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा